की ना, ना, ना। है मैंने फिर तुझे चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी मारा है मैंने फिर तुझे